मत ढूँढना मुझे इस दुनिया की तनहानी में ठंड बहुत है और मैं घुसा पड़ा पड़ाऊँ अपनी रजाई में <laughs>